दोस्तों केकेआर के खिलाफ चेन्नई सुपरकिंग के शानदार सुपर जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल के साथ होने वाला है जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग की मजबूती और खतरनाक उल्लंघन किया रहेगी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों चेन्नई सुपरकिंग आप भी फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जैसे की दोस्तों चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला सताइस अप्रैल को राजस्थान के खिलाफ होने वाला है क्यूँकी इस अप्रैल दो में चेन्नई सुपर किंग राजस्थान ऐसी दूसरी बार भिड़ने वाली है जहाँ आपको बता दे की राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग का पहला मुकाबला 12 अप्रैल को हो चुका है इसमें से तीन रनों से हार का सामना करना पड़ा चेन्नई वही दोस्तों दूसरी बार राजस्थान से चेन्नई सुपर किंग भिड़ने वाली है और राजस्थान से हार का बदला लेना चाहे जहां पर दोस्तों अभी तक तो आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है वही आरोप सात मुकाबले चेन्नई सुपर किंग खेल चुकी है इसमें ऐसी पाँच मुकाबले में बहुत आसानी ऐसी जीत मिला है वही दो मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है जहाँ फिलहाल चेन्नई सुपरकिंग पहले नंबर आरोप मौजूद वही राजस्थान की टीम दूसरे नंबर आरोप बताते सत्ताईस अप्रैल को महा बहुत घमसान होने वाला है एक तरफ धोनी जीत अपने नाम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ संदीप समसन की जप्तानी में राजस्थान दो मुकाबले हार चुकी है